इनका महत्व सही समय पर सही आदमी को सही टाइम पे दिया हुआ खाने का क्या महत्व है ये कहानी में आपको सुनाता हूँ एक समय की बात है कि एक गांव में छोटा सा कस्बा शहर था वहां चार एक पिता के चार संतान थी चार संतान में तीन तो अच्छे काम धंधा करने वाले थे एक थोड़ा काम धंधे में ढीला था काम नहीं करता था बाकी था ईमानदार पिता ने बोला कि कुछ कर धार्मिक कार्य कर बाकी कुछ कर तो बोले ठीक है धार्मिक काम कुछ भी लगा दो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ बाकी ये बाकी धंधा वगैरह ऐसा काम मुझसे नहीं होता पिताजी ने उसको एक छोटी सी प्याऊ लगवा दी बड़ का वृक्ष था उसके नीचे चबूतरा था वहाँ एक कुटिया बना दी गई बहुत सारी नांदिया वगैरह रख के प्याऊ बना दी डेली वो प्रेम से पानी पिलाता अच्छा व्यवहार करता माता बहनों से अच्छा प्रेम से बोलता साधु संतों की सेवा करता तो केवल पानी पिलाने से उसका पुण्य प्रताप इतना बढ़ गया कि एक दिन उसके वहाँ चार आदमी हर दो चार दिन में आके बैठते थे वो केवल उसको ही दिखते थे तो एक दिन उसने कहा कि भाई आप कौन हो और कहाँ से आते हो आते हो आपस में बातचीत करते हो और वापस चले जाते हो आप कौन हो उसने कहा कि भाई हम यमराज के दूत हैं और ये एरिया हमारा है इस एरिया में कोई प्राणी मरता है तो अचानक तो कोई मरता नहीं मरने से पहले उसको कोई बीमारी होगी एक्सीडेंट होगा कोई घटना घटेगी उसके बाद मरेगी और आदमी का एक प्राण निकालने का एक निश्चित टाइम रहता है मृत्यु का एक निश्चित टाइम रहता है उस टाइम के अनुसार हम उसके प्राण निकालते हैं तो हम प्राण निकालने वाले यमराज के दूत हैं तो इसलिए हम इस एरिया में आते हैं और केवल तुमको ही दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पुण्य अच्छा है इसलिए तो दिखते नहीं तो बार बार जब उनसे मुलाकात होती थी, उनकी दोस्ती बढ़ गई एक दिन उसने कहा कि भाई जब तुम इतने यमराज के दूत थे तो तुम्हारे पास सभी हिसाब किताब होगा वहाँ क्या हाँ क्या क्या है वहाँ कि वहाँ यमराज के वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं सारा हिसाब किताब डाटा कंप्लीट है हर आदमी का डाटा है हमें रोज़ एक लिस्ट दी जा, दी जाती है वो लिस्ट के अनुसार जिन जिनकी मृत्यु होती है उनको हम समय से पहले पहुंच जाते हैं और उसको प्राण हर के हम चारों उठा के उसको ले जाते हैं और जो भी सजा देना वो काम उनका है तो कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा कुछ हिसाब किताब मेरी मृत्यु कैसे होगी कहाँ होगी कब होगी ये तुम देख के आना उनका ठीक ऐसा मौका मिलेगा तो हम ये बात किसी को बताते नहीं हैं बाकी तू हमारा प्रेमी आदमी है तो हम तुमको बताएंगे तो एक दिन सहयोग से उनको कोई ऐसा मौका मिला यमराज के आश्रम ऑफिस में बैठने का तो उन्होंने उस गांव और नाम के हिसाब से उसका पूरा डाटा निकाल लिया वो तो निकाल के एक लिस्ट बना करके वो ले आए फिर कुछ समय बाद उनका दौरा उसी गांव में हुआ उसी वही लड़का उनको दिखा तो वो उसने कह दिया कि आप वही लोग हैं जो उस दिन आज दिखे थे कि हाँ वही वही यमराज के दूध हो हाँ वही यमराज के दूध कि सबको दिखे हम सबको निरित केवल तेरे को देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कब हमारी मेरी उम्र का पता लगा क्या ना कि मेरी उम्र कितने साल की है मैं कैसे मरूंगा कब मरूंगा कहाँ मरूंगा कैसे मरूंगा बोले ठीक है सुनना है तो सुन बाकी एक शर्त है कि ये बात किसी को बताएगा नहीं कि नहीं बताएंगे वो डरना नहीं बोले कि नहीं डरूंगा मृत्यु से नहीं डरता हूँ बताओ उन्होंने बताया कि तेरी मृत्यु ऐसी लिखी हुई है कि जब तेरी शादी होगी तेरे पिताजी धूमधाम से तेरी शादी करेंगे पूरे नगर को जुमाएंगे शाम को तेरी बारात जाएगी रात्रि में तेरी शादी हो के सुबह बारात वापस आ जाएगी एक सुशील लड़की तेरे घर आएगी सुबह सारे तेरे डोल वगैरह जो भी छोड़ने का नियम विधान है वो सारी प्रक्रिया दिन में सुबह दिन में हो जाएगी जितने भी मेहमान नोतियारे वगैरह है वो दिन में सब विदा हो जाएगी शाम को रात्रि को जब तू तेरे कमरे में सोने के लिए पत्नी के पास जाएगा उस समय तेरे डबल स्टोरी मकान है उस मकान की सीढ़ियां जब तू चढ़ेगा तो अर्ध सीढ़ियों पे जाएगा और वहां तुझे नाग नचेगा और वहीं तेरी मृत्यु हो जाएगी तू अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देख पाएगा ऐसी तेरी मृत्यु बच्चा घबरा गया ने बोला कि इसका कोई उपाय कि इसका एक ही उपाय कि तू शादी मत कर शादी नहीं करेगा तू बच सकता है उसने कई दिनों तक शादी नहीं करी हर बार उसकी रिश्ता आते तो वो टालता था मेरे को लड़की पसंद नहीं है ऐसा मेरे को शादी नहीं करना ऐसा नहीं करना माता पिता को ये बात बता नहीं सकता कि मुझे इस प्रकार की बात बताई हुई तो माता पिता एक दिन वृद्ध हो चुके थे वो तंग आ गए कि अगर तू शादी नहीं करता तेरे कारण हम मर जाएंगे तो उसकी माँ ने ऐसा कह दिया तो उसको डर लगा कि मेरी माँ अगर मैं शादी नहीं करता हूँ तो मेरी माँ मरती है इससे तो मुझे ही मरना अच्छा है तो उसने शादी की हाँ कर उसका रिश्ता पक्का हो गया शादी की तारीख तय हो गई लग्न आ गए विधि विधान से पूरा नगर को जिमा गया पूरा नगर वासियों को जिमाए और धूमधाम से उसकी बारात निकासी निकली और बारात गई शादी करके सुबह बारात वापस आ गई जो भी घर के संस्कार थे वो दिन में करे किए गए मेहमान सब विदा हो गए मोहताया सब अपने अपने चली गई और शाम को जैसे ही आठ नौ बजे का समय हुआ लड़का अपने यार दोस्तों के साथ घूम रहा था उसकी माँ ने बोला कि बे, बेटा तू बहू से कहा कि बेटा तू खाना खा ले बहू ने खाना खाने से मना कर दिया कि माँ मैं खाना नहीं खाऊँगी बोले बेटा तू तो खाना क्यों नहीं खाएगी कि मेरे उपवास है तू बोले तेरे किस बात का उपवास है तो उसने कहा कि मैं जब घर से मेरी डोरी निकली थी तब मैं ये प्रतिज्ञा करके निकली थी कि मैं डोली जिस घर जाएगी उस घर में मैं खाना जब भी खाऊँगी कि मेरे पति मेरे पास आएंगे उनका स्वागत करूंगी उनके तिलक लगाऊंगी उनके चरण वंदन करूँगी उनको आरती उतारूंगी उनको भोजन कराऊंगी उसके बाद मैं भोजन करूंगी ये मेरा व्रत है तो सासू अम्मा ने कहा कि बेटा ऐसा अगर तेरा व्रत है तो तू ऐसा करके जब तक तो हम तो लोग सो जाएंगे हम थके हुए हैं तू तो तेरा खाना तेरे कमरे में ले जा और वहीं जाके के तो तू आराम से तेरा जो भी पूजा पाठ करना है वो करके तू खा लेना उसके ससुर ने उसके सासू जी ने उसका खाना उस कमरे में पहुंचा दिया पूजा की थाली भी पहुँचा दी गई और वो लड़की नौ बजे करीबन नौ बजे उसके कमरे में पहुँच गई डबल स्टोरी वो मकान था नीचे एक हाल था हाल में सभी परिवार के चौक था उसमें सब बैठे हुए थे देरानी जेठानी भाई हैं भाभी और वो भी जो भी इनके मिलने परिवार के थे वो बैठे हुए बातें चीतें कर रहे थे उन्होंने सोचा कि बहुत समय हो गया रात को दस बज चुकी है ये अपन जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये इसके कमरे में नहीं जाएगा सब अपने अपने सो जाओ ये ऑटोमेटिक इसके कमरे में चला जाएगा और ये भी सो जाएगा तो घर वाले जितने भी उसकी भाभी वगैरह जो भी थे वो सब अपने कमरे में सो के अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लिया जैसे दरवाजा बंद किया अपन भी घर में सोए और वो चलने लगा इतने में वो चारों यमदूत आके मार के, के बैठ गए उन्होंने उसको पहचान लिया कि आप वही लोगों, क्या हाँ वही हैं और तेरा जो समय है उस हिसाब से आ गए तो बोले ठीक है आप आ गए तो तुम्हारा जो काम है तुम करो तो उन जो चारों यमदूत जो आए उनमें तीन तो उदास थे एक रो रहा था तो उसने कहा कि भी मृत्यु मेरी होने वाली है आप तीन उदास और एक रो रहे हो इसका कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि भी इसका कारण ये है कि हम मैं हम उदास इसलिए हैं कि तू इतना प्रेमी आदमी इतना सज्जन आदमी और विधना ने ऐसा तेने कौन सा प्रवजन में पाप किया जो तेरी ऐसी मृत्यु लिखी कि तेरी शादी हो गई और तू अपनी पत्नी के पास जाएगा उससे पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी तो अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देख पाएगा पत्नी के पास भी नहीं जा पाएगा ये विधेयन ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया बोला तो ठीक है वो तो मेरा में मेरे पाप होंगे इसलिए जो तू मुझे भुगत नहीं है तो चौथा जब रो रहा था उसने कहा कि भाई तुम तो इसलिए उदास हो बाकी चौथा तुम रो क्यों रहे हो तो चौथा बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यमराज ने मुझे काल बनने का सर्फ मुझे बनने का आदेश दिया है तो सर्व काल मैं बनूंगा और मैं तुझे डचूँगा और तेरी मृत्यु होगी तो बोले ठीक है फिर देश की देर किस बात की चलो तो अपना अपना काम करो बोले कि नहीं नहीं तेरी मृत्यु ठीक बारह बजे लिखी गई है बारह बजे से पहले हम तुझे डच लेंगे तो तेरी मृत्यु तो बारह बजे तेरे प्राण निकाल सकते हैं इसलिए हम इतनी रियायत दे सकते हैं कि तुझे दो मिनट पहले डसेंगे ताकि किसी को पता नहीं चलेगा दो मिनट में तेरे प्राण हर के हम निकल ले कर चले जाएंगे और अभी से डस लेंगे तू तड़फेगा तेरे को बहुत कष्ट आएगा तेरे परिवार वाले विलाप करेंगे पूरा परिवार घबरा जाएगा सब नगर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तेरे घर में हंगामा हो और तेरे को ज़्यादा कष्ट आए तो इतनी रियायत हम दे सकते हैं कि तेरे को केवल दो मिनट पहले हम डसेंगे और तेरी मृत्यु तत्काल तो हो जाएगी तुझे कोई कष्ट नहीं होगा और हम हमारा काम कर लेंगे तू भी मोक्ष हो जाएगा तेरा बोला तो ठीक जब तक तो क्या करेंगे बोले ठीक है भजन करो बैठो बातें करो बैठे बैठे भजन कर रहे बातें कर रहे लड़की बार बार देख रही है ऊपर से कि परिवार वाले सो गए बाकी चार दोस्त उसके कोई और बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं जब भी ये जाएँगे तब मेरे पति ऊपर आएंगे ऐसे बातें करते करते रात की ग्यारह बज गई अब ग्यारह बजे का समय हुआ जब तक वो ऊपर नहीं गया आपस में बातें कर रहे हैं उस बीच में क्या होता है उनके घर के पास में खाली मैदान पड़ा हुआ था उस खाली मैदान में एक भिखारी की झोपड़ी बनी हुई थी उस भिखारी के घर में उस भिखारी के भिखारण के एक लड़की थी जवान उसके डिलेवरी होने वाली थी तो सुबह से ही उस लड़की के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो सुबह से प्रसव पीड़ा हुई तो दिन भर उसको तड़पते तड़पते शाम को रात को 11 बजे उसको डिलेवरी हुई 11 बजे उसको डिलीवरी हुई तो उसके लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का स्वस्थ माँ भी स्वस्थ लड़के को साफ़ सफाई करके उसकी माँ ने उसको अलग सुलाया लड़की होश में आई लड़की बोली कि माँ मुझे बहुत भूख लगी मुझे कुछ खाने को हो तो अगर तो माता पिता ने कहा कि बेटा अपन हम खुद भिकारी हैं अपने पास खाने को कुछ है नहीं क्योंकि अब हम खुद सुबह से तेरे पास बैठे हुए हैं हम कहीं भीख मांगने गए नहीं तो हम तेरे को कहाँ से खिलाएं तो जैसे जैसे रात निकाल सुबह होते ही तेरे को हम भीख माँग के लाएँगे मुझे तो कुछ खिलाएँगे बेटी बोली कि पापा मुझे बहुत भूख लग रही है तुम अगर मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे तो मैं मिट्टी खा लूँगी पिता ने सोचा कि अगर लड़की मिट्टी खा लेगी पेट में जम जाएगी ये भी मरेगी और लड़का भी मरेगा अब पिताजी विचार करने लगे रात को 11 बज रहे सवा ग्यारह बज रहे हैं अपने वो को इस टाइम पर खाना कौन देगा फिर भी उसने हिम्मत करके लकड़ी का सहारा लिया और वृद्ध पिता एक कटोरा लेके बस्ती में मांगने के लिए निकला मांगते मांगते उस दरवाज़े पे जा पहुंचा जहां वो लड़की दूसरी मंजिल पे अपना पति का इंतज़ार कर रही थी तो उसने आवाज़ लगाई बस्ती वालों कोई माताओं बहनों भाइयों कोई झगड़े हो तो मेरी लड़की के डिलीवरी हुई अभी एक घंटा पहले और वो सुबह से भूखी है उसने कुछ नहीं खाया किसी के पास कुछ खाने को हो तो दे दो ये आवाज़ जब उस दुल्हन ने सुनी शादीशुदा दुल्हन ने सुनी जो अपना पति का इंतजार कर रही थी उसने सुनी तो उसका जो खाने की जो थाली थी उसके शाम को जो खाना बना था उसमें देसी घी का हलवा खीर पूरी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे क्योंकि दुल्हन के लिए पहला भोजन था वो वो थाली थी उसने वो खाना न खाते हुए दूसरे दरवाजे से नीचे उतर के वो खाना उस वृद्ध पिता को दे दिया उस वृद्ध पिता ने वो खाना ले जा के अपनी पुत्री को दे दिया अपनी पुत्री ने जब साढ़े ग्यारह बजे वो खाना खाया उसकी आत्मा तृप्त हुई उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी अर्धरात्रि में ऐसी समय आपने को ऐसा स्वादिष्ट खाना देने वाला कौन मिला पिता बोला कि बेटा हम तो नहीं जानते अपन भिकारी ये ठेरे अब कौन थे यह तो मैं नहीं जानता पर एक बाई थी उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी उसने बाहर के रस्ते से सीढ़ियों के रस्ते से उतर करके मुझे ये खाना दिया अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो कोई शादीशुदा नई नई दुल्हन है उसने ये खाना दिया तो जिस लड़की ने जो खाना खाया ऐसा स्वादिष्ट जिसकी डिलीवरी हुई थी उसने कहा कि उस दुल्हन ने तो आपको रात को बारह बजे साढ़े ग्यारह बजे इतना स्वादिष्ट खाना दिया कि हाँ उसने उसी ने दिया कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि जिस दुल्हन ने आपको ऐसा स्वादिष्ट खाना दिया मैं उस पर, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हुई हूं कि उसका चूड़ा अमर रहे ये दुआ उसकी जब आत्मा की आत्मा से परमात्मा आत्मा से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य जब ऊपर तक पहुंचा तो ऊपर से विधि का विधान चेंज हो गया और विधना ने अपना लेख चेंज कर दिया और तत्काल यमराज को आदेश दिया कि उसके प्राण बचाए जाएं इतने में दो मिनट बचे थे मृत्यु के बारह बजने में यमदूत वहीं बैठे हुए थे यमदूत जैसे ही एक नाग बना वो सीढ़ियां चढ़ा और जैसे ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और वो यमराज यम का जो दूध था वो नाग बना काल और उसने डंक मारा कुछ नहीं हुआ एक डंक मारा कुछ नहीं हुआ दूसरा मारा कुछ नहीं हुआ तीसरा मारा फिर भी नीचे नहीं गिरा कुछ भी नहीं हुआ वो घबरा गया या तो अपन से कोई भूल हुई या लिस्ट गलत है या कोई यमराज के वहाँ से कोई गलती हो गई तत्काल इसकी इंक्वायरी की जाए दो यमदूत वहीं रुके और दो यमदूत तत्काल यमलोग पहुँचे वो जाके यमराज यमराज जी को सारी कहानी सुनाई कि इस प्रकार से हमने एक फन मारा हुआ आदमी पानी नहीं मांगता और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है बाकी हमारे तीन फन मारने के बाद भी वो आदमी जिंदा आए क्या कारण है यमराज ने कहा कि अच्छा हुआ विधि का विधान चेंज हो गया है उस बाइक का पुण्य एक थाली भोजन उस बहू उस मतलब जो है लाड़ी ने उसको दिया तो उसके पुण्य प्रताप से उसने जो उसको उसके मुंह से आत्मा से जो दुआ निकली कि उसका चूड़ा अमर रहे तो जब तक वो भाई जिंदा रहेगी जब तक तो उसको कोई मार नहीं सकता वो भाई जिंदा रहेगी जब तक वो जीवित रहेगा ये विधि का विधान चेंज हो गया आप तत्काल वापस आ जाओ चारों यमदूत खाली हाथ वापस चले गए कहने का मतलब ये है कि सही समय पर सही आदमी को सही टाइम पर दिया हुआ खाने का क्या महत्व है इति श्रीरेवाखंडे